टूसन से अभी और खड़ा रखा के फ्री हो चुका है। अब टाइम हो रहा है शाम ग्राउंड में जाने का क्योंकि ना अभी आ जा रहा है पानी तो ना पहले ना आज ना चल रहा है पहले वहाँ शाम चल रहे हैं चलता हम है। सामने क्योंकि ना और शाम तो तो यार यार आगे यार तो आगे चार पांच आए। और अब भाई सीधे आऊंगा क्यों मम्मी तो रही है मशीन लगा रहे मम्मी ये तो मशीन मम्मी लगा दिया पूरी लगा दी मशीन होगी ये ये लग जाएगी लग जाएगी पीछे करने लगे भाल तो किस चलते हैं ये तो भी और लग जाएगी मत करिए मत कर पागल बनते हैं मत कर अरे ये पंचायती आज लग जाएगी भी है मम्मी देखो मम्मी तो भी दो मत कर मत कर अब बाहों इधर आते इधर आते नहीं नहीं नहीं की, भूख मैंने। तो यार, रोके तो। खोल खोल खराब हो जाए तो, तो तो, बार तो आए, बार बना बार मम्मी मम्मी मम्मी मैं ही नहीं बात ले ले खोल के चलते हैं पकड़ और चाय दो ले ये देखो एंटो करके कर इसको ना स्कूल इस ही करे अरे यार इसको इसको लिखो ना यार अबार दो नंबर दे, दे, दे, दे दो यार दे दे दे दे ले लेके जाते हैं लेके ते थे बटर से यार कपिया एडियो द टूटोडो देख मुझे कैसे निकालती है आ देख लो यार मम्मी कितनी तकलीफ टंकी नहीं ऊपर भरीज की जगह पानी आया हो अरे तो खेल मचा यार लाडी होनी चले जाओ यार मन मूड होवे ओह पाद ही है यार इतने सारे कपड़े सुखए यार सुखा रहे मम्मी भी अभी ते आज है बहुत सारे कपड़े सही मैं और देखो यार कितना मस्त हो बादल दिख रहे यहाँ सेम से, से क्यों ना फोटो मस्त खींची थी, थी, थी यहाँ से पूरी देख लो और गार्डन देख लो पूरा चेकआउट कर लो गार्डन आज गए था मतलब थोड़ी बहुत सफ़े भी कर ली कचरा दिख रहा है क्योंकि यहाँ मतलब सफ़े की नहीं सही से पूरी गार्डन बन है और स्केटिंग हो रही है वहाँ पर स्केटिंग हो रही है अभी तो पूरे ही इधर ये क्या है ये पाइप इधर किसने लगाया अच्छा ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा था ओह हो गजब यार एक ना एक तो फ़ोटो लूँगा मैं को इतनी मस्त यार बादल आ रहे फुल मस्त वाली सीन बहुत मस्त लग रहे हैं और यहाँ से मतलब बादल अलग ही दिखते हैं पूरे देख लो वहाँ सामने चल रहे गाड़े पता नहीं वहाँ से आवाज़ आ रही है कि वहाँ पर कोई स्पीकर वगैरह लेके आया तो ये है ना आ रही वहाँ पर फटाफट से चलते नीचे देख लो खाम बन चुका है ऐसे एक इडली नहीं थी खाम था मैंने गलत बोल दिया था मैं था। में पूरे पानी वाली चढ़ाया वैसे और मीठा पानी हो रहा है यहाँ पे खामन दो दो प्लेट दर हो जाए और उसका और बोल और आटा जो है ना उसको घूमना है रोटी बना रहे और था साथ में रोटी भी सब्जी क्या है चटनी लहसाई चटनी बहुत मस्त बनी सही अच्छी बनाता है करूँगा आपको गरम गरम सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पूरे पानी हो रहा है इधर फटाफट से आटा गूंधते हैं लम इंडो पर आड़ दो इनमें उसमें पानी दो सुनते हो रहा बोलते तो गाइस अभी इधर ये बन मिल चुका है ये देखो क्या है ना खमण वी आई मस्ट वन अप ना डोरी मोन चल रहा है जब वो आप बिना मुझे खाना खाते के बाद है ना रोटी और है ना वो चटनी भी है तू वो भी खाएंगे तो भाई मैं खाना इंजॉय करते तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं अगली वीडियो में आएगा